देख देख देख तू यहाँ वहां न फेंक देख देख देख तू यहाँ वहां न फेंक देख पहले की बीमारी होगा सब कबरा तो कहा करें भैया गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल